अब क्या बताऊँ यार ज़िंदगी जेठा की तरह हो गई है प्रॉब्लम्स जाती नहीं और बबीदा जी जाती नहीं <laughs> कल रात में सपने में वेस्ट इंडी चला गया तो वहाँ के लोग पूछने लगे भाई तेरी खूबसूरती का राज क्या है <laughs>